नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार आज हम सीखेंगे उन नौजवान भाई बहनों के लिए जिनका उम्र 20 साल से कम है और अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और आसान विधि है सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच इस तरह से मुट्ठी बांध के 10 मिनट तक दौड़ लगानी है आस पास में मैदान हो फील्ड हो तो अच्छी बात है अन्यथा घर पर ही 10 मिनट तक छत पर दौड़ लगा लेनी है इस तरह से इस तरह से 10 मिनट तक दौड़ लगा लिए फिर थोड़ा सा आराम कर लिए बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिए दौड़ लगाने के बाद फिर इस तरह से हाथ बजा के तरासन जिस तरह से करते हैं उस तरह से इस तरह से करनी दो मिनट इस तरह से किए फिर थोड़ा सा आराम कर लिए फिर इसी तरह से दो मिनट किए फिर आराम कर लिए ये दो दो मिनट पांच बार करनी है ये दूसरी विधि हो गया अब हम तीसरी विधि सीखेंगे इस तरह से कुछ लटकने वाला हो रस्सी रड या कोई डाल पेड़ बिरछ का हो इस तरह से पकड़े हुए लटके हुए रहेंगे एक दो मिनट लटके हुए रहे फिर थोड़ा सा आराम कर लिए फिर इस तरह से एक दो मिनट लटके हुए रहे फिर आराम कर लेंगे इस तरह से पांच बार लटकनी है उसके बाद इस तरह से शरीर का आकार बना लेनी है और इस तरह से करते हुए पूरा आसमान देखने फिर इसी तरह वापस आ गए फिर इस तरह गए फिर आसमान देखें फिर इसी तरह आए फिर एक दो सेकेंड रुक कर आसमान देखें, फिर इसी तरह आए फिर इस तरह से गए दो सेकेंड रुक कर आसमान देखें। ये एक बार में दस बार करनी है इसी तरह और दस दस बार तीन बार करनी है ये वृतियाँ बीच बीच में थोड़ा सा आराम रेस्ट कर लीजिए लगातार मत कीजिए यह चौथी विधि अब हम सीखेंगे पांचवी विधि बहुत ही सरल और आसान है इस तरह से बैठ के थोड़ा सा पैर इस तरह रिलैक्स कर लेंगे उसके बाद हाथ का अंगुली का आकार इस तरह से बना लेंगे अब पूरा ऊपर तांते हुए लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भरनी है लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भर लिए फिर छोड़ते हुए नाक को घुटना में सटानी है नाक को घुटना में सटा लिए पूरा श्वास यहाँ छोड़ दिए फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ गए लंबी गहरी श्वास ना भी फेफड़ा में भर लिए फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटना में नाक को सटा लेनी है ये पांच बार इसी तरह से करनी है फिर उंगली इस तरह से सीधा करके इस तरह से नाभि फेफड़ा में लंबी गहरी श्वास भर लिए और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से घुटना को नाक में सटा देनी है और इस तरह से उंगली मोड़ लेनी है फिर लंबी गहरी साँस भरते हुए ऊपर आ गए नाभी फेफड़ा में लंबी गहरी श्वास भर लिए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक को घुटना में सटा देनी है और एक दो सेकेंड सटाये हुए रहेंगे और आंगली इस तरह से मोड़ देंगे पाँच बार इस तरह से नाक को घुटना में सटानी है और पांच बार इस तरह से नाक को घुटना में सतानी है तो ये पाँचों विधियाँ हम अब समझ गए अब हम कुछ भोजन के बारे में बात कर लेते हैं भोजन हमारा प्रोटीन युक्त हो दूध अधिक से अधिक लीजिए जितना भी आप खा सकते हैं मूंग का दाल में अधिक प्रोटीन होता है तो मूंग का दाल भी आप थोड़ा सा लिया कीजिए रात में पाँच छः बादाम पानी में फूलने दे दीजिए और सुबह खाने के बाद उस बादाम को छिल को अच्छी तरह से चबाकर या कोई पत्थर में घिस थोड़ा सा दूध या पानी में सुसुम में घोर के पी लीजिए कहने का मतलब है कि भोजन प्रोटीन युक्त हो और ये सारा विधियाँ हम करते रहते हैं और दिन में जहाँ भी बैठे बिल्कुल सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी हो दिन में कहीं भी ऑफिस में हो घर पर हो जहाँ भी बैठने का आपको मौका मिले हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी हो इस तरह नहीं बैठेंगे बिल्कुल सीधी तो ये विधियां और खाने पीने का नियम पर यदि हम ध्यान देते रहते हैं तो लंबाई हमारा काफ़ी एक आध महीने में आपको समझ में आने लगा कि ना ये विधि तो काफ़ी हमारे लिए लाभकारी है एक बहन इधर उनके शादी में परेशान थी शरीर का बनावट थोड़ा सा अजब था वो छः सात महीना ये सारी विधियां की तो इधर वो हुई थी शरीर इतना सुंदर और सुडौल कि आप तो कहना ही क्या वो काफ़ी मन के अंदर से कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं आप तो हम इस विधि से कुछ दिन और करके अपने लंबाई और सुंदरता को हम बढ़ा ले सकते हैं तो उसी तरह आप भी आपका जो मनोकामना हो चाहे सेना में भर्ती होने के लिए या सुंदर दिखने के लिए जिस भी मनोकामना से आप अपने लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो दो तीन महीना में आपको काफ़ी खुद महसूस होने लगा कि नहीं अब ये विधि हम अपना काफ़ी अब अपने मनोकामना को पूर्ण कर लेंगे तो आप सभी नौजवान भाई बहनों को मनोकामना पूर्ण हो इसी शुभ भावना के साथ आप सभी नौजवान भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत